हेलो दोस्तों आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं व्हाट्सअप का कैसे क्यू आर कोड किसी को भी हैक किया जा सकता है हैक तो नहीं किया जा सकता लेकिन एक गजपा ट्रिक है क्यू आर पर क्लिक कर स्कैन क्यू आर कोड पर स्कैन करें कंटेन्यू बटन पर पिक करें लिंक डिवाइस पर क्लिक कर एक बार स्किन पेन मारे स्किन पेन ये रहा एक छोटी सी वीडियो बेटी को व्हाट्सअप